एडिटिंग कैप कट के बारे में जानकारी आज फिर मैं आपके सामने प्यार से फी कैप कट के लिए एडिटिंग ऐप के लिए मैं आपके पास जानकारी लेके आया हूं तो मेरी वीडियो पूरा देखें और मैं सारी जानकारी आपको दूंगा ऐप के बारे में केब कट तो मेरी वीडियो को जरूर देखें लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा शेयर जरूर करें थैंक यू सो फ्रेंड मैं अपनी स्क्रीन पर पहुँच चुका हूँ ये देखिए लेकर लेगा केब कट ये एप्लीकेशन है है है मेरा मेरा मेरा ये ये ये ये ये मैंने मैंने ओपन किया न्यू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट और ओल्ड ओल्ड देखिए देखिए जो मैं एडिटिंग इफेक्ट लगा रहा किस तरीके से ये ये इफेक्ट लगता है और है और काम करता जैसे की ये वाला मैंने लगा दुनिया सुन संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह जैस कितना बेहतरीन तरीके से ये एडिटिंग हुई है और आप एक हजार कितने एच डी फुल 4K वीडियो में भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडिटिंग ऐप से जरिए जो वीडियो बनाइए और YouTube वगैरह हर चीज़ पे आप डाल सकते हैं बहुत बेहतरीन एडिटिंग है और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर हैं इफेक्ट हैं तो आप डाल सकते हैं तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लेकिन मैं अभी प्ले करके भी सुन तो संग दुनिया सुन थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें